रब को याद करो हाफर याद करो बिछड़ा ख्यार मिला दे मिला दे, I'm not afraid of dying. Turn it below me low. Low. you